I do. भर बम दिए जितने भी मौसम दिए मांधिए जिंदगी भर बम दिए जितने भी मां समे सबनम दिए सब मौन तुम्हें आएगी ना जी पाओगे ना भूख तुम्हें लगेगी ना ना पाओगे ने भी पेश हमसे हमसे भी वक्त की साजिश कोई समझा नहीं कुछ हमसे हो गई राह में घर मेरी हर दम दिए जिंदगी ने जिंदगी भर जितने सौ दिए सब गम दिए जिंदगी जिंदगी भर गम